स्वागत है और एक नए वीडियो में फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं देवघर और देवघर में आज यहां पे हम जब पहले यहां पे करीब टेंथ में जब पढ़ते थे तो उस मोहल्ले में गणेश पूजा हुआ था और आज गणेश जी का विसर्जन है तो हम भी शामिल हुए हैं आज के गणेश विसर्जन में तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को किस तरीके से विसर्जन किया जा रहा है काफ़ी सजावट है यहाँ गणेश जी का तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में और आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके का विसर्जन हो रहा है क्या क्या सजावट है तो आप लोग जितने भी नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दाल ये आप लोग देख पा रहे हैं ये ढोल मांधर के साथ ढोल मांधर के साथ ये देख पा रहे हैं लाइट काफ़ी खूबसूरत दृश्य और खूबसूरत तरीके से आज गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी सुसज्जित और सजावट के साथ धूमधाम से देवघर में गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है आप लोग को दिखाते हैं चलिए देखते हैं पीछे आप लोग देख पा रहे हैं वो गणेश जी का मूर्ति और उसके पीछे डीजे का गाड़ी है तो काफ़ी सौंदर्य दृश्य है तो चलिए आप लोग को और मैं नज़दीक से, से दिखाता हूँ ये देखिए बैलगाड़ी पर गणेश जी को ले जाया जा रहा है विसर्जन के लिए शिवगंगा में विसर्जन किया जाएगा तो चलिए देखिए गणेश जी का मौसम आप लोग को तो दिखा रहा हूँ